दो क्या अरे अगर ऐसे थोड़े के लिए भी पैसा देना पड़ा ना तो शक्ल बनाने वाला बुरा मान जाएगा बात करते थोगड़े। थोगड़े। मैं तेरे अभी मजा आएगा ना भिड़ो एमेंट लौड़े मेरे जितने उधर बाल नहीं हो गए ना उससे जास्ती मर्द मेरी चांगों से गुजरे म्यूजिक जब बेचती है कर दो यार।